कैसे आप लोग आए हो सब बढ़िया बढ़िया ही होने चाहिए यहाँ पे थोड़ी आवाज़ आ रही है आयो हो आपको तो नहीं आ रही है मुझे तो आ रही है तो यहाँ पे अपना पप्पा का साइड चल रहा है तो यहाँ पे मैं आया था और यहाँ पे देख रहे दिखाता तो हूँ आपको ये कितना बड़ा साइड है बहुत पूरा प्रोजेक्ट भी चालू है यहाँ पे बीलिंग्स चेक कर रहे हो ना ये सब ये सब पूरा पपा का प्रोजेक्ट मतलब यहाँ पे काम चालू है और ये सब पूरा यही प्रोजेक्ट है प्पा का और यहाँ पे जो खड़ा हूँ ना ये भी पूरा पापा का ये यहाँ पे काम चालू तो यहाँ पे मैं आया मतलब मैं देखने आया हूँ कि मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम आया हूँ कि देखता हूँ पापा का काम कैसे होता है तो यहाँ पे देखा तो मतलब ठीक ठाक ही चल रहा है अभी नीचे दिखा दो मैं अभी यहाँ पे कितना 38 फ्लोर पे खड़ा हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है फीलिंग्स और यहाँ पे काम चालू है तो ये काम अभी एक सामने एक बिल्डिंग तैयार हो रही है वो भी तैयार हो रही तो उसमें, उसमें, उसमें बिल्डिंग दिख ना इसमें काम चालू है ये जो ऐसे ऐसे डिज़ाइन लगे ना ऐसे ये पतले से तो वो पूरा वो उसका काम चालू है फाइनल हो जाएगा फिर वो दिख रहा इस्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ से पूरी समुंदर दिख रही है आपको दिखाता हूँ अच्छे से हाँ यहाँ से बरोबर दिखेगा तो ये चेक करो ये देखो वहाँ से पूरा समुंदर दिख रहा है तो अगर यहाँ से फ़ोन छूटा, गाइस तो सोच तो सकते हो कितना नुकसान होएगा वर्कर्स आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे वर्कर्स आएंगे, उनको मेरे को देखना है वो कौन कौन है अभी दस तक कितने लोग हैं मुझे पता नहीं आइडिया नहीं तो आएंगे उन देखते हैं फिर उसके बाद बताता हूँ तो, तो उम्मीद है कि अभी और हाँ एक चीज़ अभी जैसे पापा अभी गाँव जाएँगे ना तो फिर मतलब मेरे को हफ्ते में एक दो बार यहाँ पर आना पड़ेगा तो फिर ब्लॉग नहीं आ पाएगा क्योंकि मैं बिज़ी रहूँगा पापा के सारे काम मेरे को ही देखना है तो फिर उतना नहीं आएगा ब्लॉग तो जितना भी आएगा तो आपको पसंद आएगा जो भी अभी आएगा क्योंकि अभी मैं पूरा ट्रैवल करने वाला हूँ बाहर जाऊँगा मतलब वो बहुत इंजॉय होने वाला है तो चलते अभी उन लोग आएंगे उनसे भी मिलता हूँ मैं उसके बाद शाम को जाएँ वीडियो शाम हो गए और अभी मैं जा रहा हूँ तो असल पाँच साजिना का पहले जाने का प्लान था फिर असल पा जाए कि तो वहाँ से पपा ने बोला कि पप्पा का न्यू शूज आ रहा ना तो वहाँ पे कारखाना है मतलब तो हम लोग का पहले वही काम था हम पहले कारखाना देता था तो सब बंद हो गया फिलहाल में तो अभी पहले टिकट लेते यहाँ से मतलब मेट्रो पर उतरा था और अभी ट्रेन आ रही शायद आ गई है वो ट्रेन आ गई तो मुझे पता ही नहीं था कि पुराने रूल्स कैसे है क्या है कुछ भी मुझे पता नहीं था और मैं ट्रेन में चढ़ गया और मतलब यहाँ पहले कोई साइन मिलता था और अभी टिकट मिलता है तो उस चीज़ में मैं कन्फ्यूज़ हो गया अच्छा मैं यहाँ तक पहुँच गया अभी ट्रेन आ गई तो चलते फटाफट फड़ से